रोइज मैं हूँ या सिर आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट तो आज बताने वाला हूँ भाई व्हाट्सएप की एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको नहीं पता हालाँकि ये बहुत पहले सेटिंग आ चुकी है बहुत अलग पहले ये फ्यूचर व्हाट्सअप ने लॉन्च कर दिया था बट बेटा वर्जन में लॉन्च किया था जिसका बेटा वर्जन व्हाट्सअप नहीं था वो फ्यूचर को यूज़ नहीं कर पाए अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो कहने का मतलब अगर आप किसी को एक फ़ोटो सेंड करोगे तो वो सिर्फ बंदा एक ही बार देख सके और दोबारा फोटो ना देखे वो एटोमेटिक डिलीट हो जाए तो ऐसा बोल सकते हैं डिलीटी बराबर है मतलब ओपन नहीं कर पाएगा दोबारा तो ये फ्यूचर आपको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा तो वीडियो एंड तक देखते रहना ये सभी व्हाट्सअप में मिल चुका है अगर आप ना व्हाट्सअप अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ अपडेट कर लो आपको ये फ्यूचर मिल जाएगा इसे यूज़ कैसे करते हैं ये बता देते हैं तो आप ना ओपन करोगे यहाँ से आप गैलरी भी चले जाना है गैलरी में से या फिर मतलब मीडिया में कहीं भी से आप सेंड कर सकते हो कोई भी वीडियो हो गया या फोटो हो गया मतलब कुछ भी आइडियो वगैरह जो भी सिर्फ चाहते हो कि बंदा एक ही बार क्लिक करे और एक ही बार में जो भी उसे देखना है देख ले और उसके बाद ना देखे तो ये फ्यूचर यूज़ कर लेना यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक टाइमर का आइकन बना होगा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्योंकि मैं पहले से स्क्रीन कॉल पहले से करके रखा रखाऊँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बोलने में तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर दोगे सेंड करने के बाद अब सामने वाले को कुछ इस तरह का फोटो दिख जाएगा वो जब भी क्लिक करेगा एक बार क्लिक करेगा फिर दोबारा क्लिक करने की कोशिश करेगा नहीं होगा अगर ये फ्यूचर आपको नहीं बताता तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना अगर पता है फिर भी बता देना अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में